नमस्कार मैं गौरी प्रस्तुत करती हूं दिल खुश मनपसंद शायरी अच्छी बातें प्यारी बातें अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिएगा पहाड़ियों की तरह खामोश हैं आजकल के संबंध और रिश्ते पहाड़ियों की तरह खामोश हैं आजकल के संबंध और रिश्ते जब तक हम न पुकारे उधर से कोई आवाज़ नहीं आती आजकल कल की वजह से रिश्ते नातों का कुछ ऐसा ही हाल हुआ है बढ़ जाता है दर्द और भी उस वक्त बढ़ जाता है दर्द और भी उस वक्त जब अपने होते हुए गैर तसल्ली देते हैं अजीब चलन है इस दुनिया का दीवारों में जब दरार आए तो दीवारें गिर जाती है और रिश्तों में जब दरार आए तो दीवारें खड़ी हो जाती हैं ये ख्वाहिशों का काफिला भी बड़ा अजीब सा है अक्सर वहीं से गुजरता है जहां रास्ते नहीं होते हाँ मगर अनुपम जी ने बहुत खूब कहा है रास्ते कहाँ खत्म होते हैं जिंदगी में रास्ते कहाँ ख़त्म होते हैं जिंदगी में मंजिले तो वही हैं जहाँ ख्वाहिशें थम जाए बहुत खूब जिंदगी का अनुभव एक बड़ी बेहतरीन स्कूल है ज़िंदगी का अनुभव एक बड़ी बेहतरीन स्कूल है मगर कम फीस बहुत लेती है किताबों की अहमियत उनकी जगह पे है ज़िंदगी में सबक़ तो वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं चीज़ों की कीमत मिलने से पहले समझ में आती है और इंसानों की कीमत उन्हें खोने के बाद जिंदगी जीने के बस दो ही तरीके हैं जो पसंद है उसे हासिल करो या तो फिर जो हासिल है उसे पसंद करना सीखो यारों एक गुजारिश है आपसे कभी कभी अपनी माँ की आंखों में झांक लिया करो कभी कभी अपनी माँ की आंखों में झांक लिया करो ये वो आईना है जहाँ बच्चे कभी बूढ़े नहीं होते